विमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर जीत हासिल की है वैसे तो देश की सभी बेटियों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया लेकिन भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी ने विनिंग पारी खेली है सौम्या ने 37 गेंदों पर 24 रनों की नाबाद पारी खेली वही सौम्या के साथ त्रिषा ने भी चौबीस रनों की नाबाद पारी खेली है एक माता पिता के लिए सबसे अनमोल पल होता है जब उनके बच्चे सफलता के आसमान को छूते हैं बच्चों को सफल होते देख माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कुछ ऐसा ही मनमोहक पल रहा भोपाल में सौम्या तिवारी के परिवार में जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने आईसीसी विमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में 37 गेंदों पर 24 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया बेटी को यह शानदार पारी खेलता देख माता पिता की आंखें खुशी से भराई सौम्या के इस प्रदर्शन पर उनके माता पिता ने कहा कि बेटी ने फक्र से सर ऊंचा कर दिया है हमें उस पर नाज है वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा कि विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की विजय को अविस्मरणीय बनाने के लिए मध्य प्रदेश की बेटी सौम्या तिवारी और त्रिशा व अर्चना का अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश को अपनी बेटी सौम्या और टीम इंडिया की बेटियों पर गर्व है आप ऐसे ही अपने खेल ऐसी देश को गौरान्वित करती रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें